दतिया में संत रविदास जयंती पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि संत रविदास ने समाज में समरसता के, दो के माध्यम से एकजुट किया इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने सभी को संत रविदास की जयंती की बधाई दी संत रविदास जयंती पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा की संत रविदास ने समाज को जोड़ने का कार्य किया संत रविदास जयंती के मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी को शुभकामनाएं दी स्थानीय वृंदावन धाम में उन्होंने दिव्यांगों का सम्मान किया इस दौरान नरोत्तम ने कांग्रेस द्वारा किए गए साल के शासनकाल पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासनकाल में न तो दिव्यांगों का सम्मान हुआ न ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए तब सिर्फ सेल्फी और ट्विटर पर काम हुआ है उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ वीडियो वायरल किए हैं उन्होंने कार्यक्रम में किसी भी महापुरुष को कभी याद नहीं किया इस जयंती पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये दिव्यांग दिव्यांग बच्चों को उपकरण देने का संकल्प लिया है सरकार आज बड़े स्तर पर पूज्य संत रविदास जी की जयंती को भी मना रही है सरकार ऐसे पहले भी थी अभी 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही भी थी उस 15 महीने में आपने कभी ऐसे दिव्यांगों को उपकरण बढ़ते देखे, देखे देखा अंतर्मुखी होना आपने तक के बाद बहुजन हिटा बहुजन सिखा है, जन सर्वहारा वर्ग के लिए सरकार कर रही। सरकार इसके पहले भी को ही नहीं कर्मकांड करते थे, कहीं एक जगह जाके तस्वीर पे उसमें चढ़ा दिया और ट्वीट कर दिया ट्वीट के अलावा उस सरकार ने पंद्रह महीने में कुछ नहीं किया पंद्रह महीने के बाद भी आज भी ट्वीट ही कर रहे और इसलिए जनता ने रिजेक्ट किया